मैं पानी पानी हो गए ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं, मारो, नहीं, नहीं, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक